अगर आप घर पे ही अपने डॉग के नाखून काटना सीख लेते हैं तो आपको बार बार वैद के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको जरूरत होगी नेल पाउडर और अपने पेट की। आपने पेट को कस के पिए ताकि वो भाग न जाए छोटे कुत्तों और बिलियों को आप अपनी गोद में या थे रख सकते हैं फेरे आपने सामने बताये और फिर उनके नाखून अगर आपका हो रहा है, तो उन्हें दीजिए। एक बार आपने अपने फैक्ट को पकड़ लिया अब उनके नाखून का देखिए। अगर नाखून सफेद हो तो क्विक आसानी से दिख जाएगा अगर नाखून खाए हो तो नाखून के नीचे जब नाखून का मौत ज्यादा हो जाए उसके शुरुआत में होता है थोड़ा थोड़ा है, जब तक आपको की शुरुवात ना दिखे। अगर नाखून बहुत बड़े हैं, खाती है तो थोड़ा काटिए और फिर एक हफ्ते बाद फिर से काटिए। इसी तरह सभी नाखून काटिए। खाती को काटना मत भूलिए आप अपने नाखून को आसानी से घर पर खा सकते हैं इस दौरान आपने पेट को ढेर सारा प्यार और ट्रीट्स देते रहे राइट right, क्या आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा यूट्यूब पसंद है तो हमारा चैनल है youtube.com/peoplefarm